अन्ना थोड़ी दाल प्याज अन्ना, थोड़ी प्याज दाम थोड़ी प्याज थोड़ी प्याज थोड़ी प्याज अन्ना थोड़ी प्याज थोड़ी प्याज दस रुपया क्या हो गए हो गए ना हो गए भाई अन्ना थोड़ा कट्टा दाल अन्ना और थोड़ा दाल अन्ना और थोड़ा दालो ना क्या डालना कट्टा ना थोड़ा कट्टा थोड़ा कितना खर्चा पीते रहे जब से तुम प्याज का प्याज वाला प्याज ये एक एक पानी पूरी को ये इतना इतना प्याज का है तू उसके बाद पानी पानी बोल के पूरा बिंदली खत्म करते रहे बिंदली लेकर जा यार, जा साथ में ये प्याज रख लेके ये पैसे ले प्याज खरीद लेके जा, जा। अन्ना, एक मसाला पापड़ दो पूरा पापड़ लेकर जा जा भैया पानी पूरी है पानी पूरी नहीं है बंडी है बंडी लेकर जा मेरे भैया एक प्लेट पानी पूरी दो न भैया तिखी बनाना थोड़ी बड़ी बड़ी-बड़ी लेना। भैया, और तिखी बनाना थोड़ी अरे भाई एक बात बता इस दुनिया में सबसे दुखी आदमी कौन है पानी पूरी वाला अच्छा वो कैसे क्योंकि लड़की कुआरी हो या शादी थी उस बेचारे को भैया ही बोलेगी बहुत रो रही। करुको तुम्हें पता नहीं है ये जहर बनाते हैं मैं चेक करता हूं पहले लाओ तुम्हारा भी चेक करूं जहर तो नहीं है हा भाई जहर है क्या जहर कतई जहर है